हेलो फ्रेंड मैं सचिन फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूनो ऐप के थ्रू एफ कराना चाहते हैं तो आप कैसे कराएंगे आप सबसे पहले यूनो ऐप में लॉगिन कर लेंगे फिर आप डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे या नीचे की तरफ ओपन फिक्स डिपॉजिट पर जाएंगे यहां पे अमाउंट सेलेक्ट करेंगे जितने अमाउंट की आपको एफ करनी है मैं आपको दिखाने के पर्पज़ से ये कर रहा हूँ सपोज मैंने यहाँ वन ही दिए हैं नीचे फ्रेंड्स आपको यहाँ अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना होगा यहाँ पर फ्रेंड नीचे ऑप्शन आ रहा है डू यू वांट योर फिक्स डिपॉजिट टू बी टैक्स सेवर नीचे फ्रेंड टैक्स सेवर का ऑप्शन आ रहा है टैक्स सेवर का ऑप्शन फ्रेंड मैं आपको बता दूं अगर आपकी जो एफडी है वो आपने सपोज़ पाँच साल के लिए या उससे ज़्यादा साल के लिए इस तरह से की है और आपका अमाउंट भी जो है वो दो लाख तीन लाख पाँच लाख या लाख इस तरह से है तो आप इस टैक्स सेवर को करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है इसका तो अभी हम इसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पे फ्रेंड ये दिखा रहा है कि आपको एफडी जो करनी है कितने साल की करनी है कितने महीने के लिए करनी है जो भी है आप यहाँ से सपोज एक साल की करनी है आपने ये वन सेलेक्ट कर लिया फिर फ्रेंड यहाँ पे आपका ऑप्शन है व्यू इंटरेस्ट रेट आप व्यू इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्रेंड ये इंटरेस्ट रेट दिखा देगा कि जो आपने एफ की है एफ जो आप एफ कर रहे हैं एक साल के लिए कर रहे हैं दो साल के लिए कर रहे हैं उसका क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा जैसे हम अभी एक साल के लिए कर रहे हैं तो हम इसका तीन डेज पे 5.3 का इंटरेस्ट रेट लगेगा तो यहाँ से आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग फिर उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देखेंगे क्वार्टरली और एट मेजोरिटी का ऑप्शन सो ऑफ हो रहा है बाकी मंथली और हाफअर्ली ऑप्शन सो ऑफ नहीं हो रहे हैं मीन्स डिसबल मोड में सो हो रहे हैं तो फ्रेंड यहाँ पर एक्चुअली हमारा हमने जो अमाउंट दिया है वो बहुत ही लेस अमाउंट दिया है वन दिया है ओनली फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे अमाउंट सपोज़ आपका एक लाख दो लाख पाँच लाख इस तरह से कुछ देते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके शो ऑफ होंगे फ्रेंड इनका मींस क्या है आपने सपोज़ एक लाख रुपए की एफडी करी या दो लाख रुपए की एफडी करी तो आप ये चाहते हैं कि दो लाख की जो एफडी की है जो उसका पे जो आपने दो लाख की एफ की है उस पर जो भी इंटरेस्ट रेट लगे जो भी उसका ब्याज आए जो भी उसका इंटरेस्ट आए वो आपका मंथली आता रहे तो आप यहाँ से इस मंथली को तब सेलेक्ट कर पाएंगे अगर आपने उतना अमाउंट दिया है इसी तरह से क्वार्टरली क्वार्टरली मतलब हर तीन महीने बाद आपके अकाउंट में जो आपका ब्याज जो आपका इंटरेस्ट बना है वो आपके अकाउंट में आता रहे उसी तरह से छः महीने में आता रहे या फिर पूरी मैच्योरिटी होने के बाद ही आपका आपने जितने अमाउंट की एफडी की है वो अमाउंट और उसका ब्याज दोनों आपके अकाउंट में आते रहे तो अभी दो ऑप्शन इसे हो रहे हैं तो हमने यहाँ से सपोज़ एट मेच्योरिटी कर लिया फिर नेक्स्ट पर क्लिक करा यहाँ पर फ्रेंड ये ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने यहाँ पे फ्रेंड ऑटो रिनूबल यहाँ पे फ्रेंड तीन ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं ऑटो रीनबल क्रेडिट टू अकाउंट और रीन्यू प्रिंसि रिप्लेन टेस्ट तो ऑटो रिनूबल का मीन्स है फ्रेंड्स कि आपकी जो एफडी का टाइम पीरियड पूरा हो गया सपोज आपने जैसे एक साल की एफडी की वो टाइम पीरियड पूरा हो गया उसके बाद आप ये चाहते हैं फिर ऑटोमेटिकली वो एफ फिर दोबारा से एक साल के लिए हो जाए तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे सेकेंड ऑप्शन है क्रेडिट टू अकाउंट ट्रेडिट टू अकाउंट मींस ये है जब आपका एक साल पूरा हो गया आपने एक साल की एफ की तो एक साल पूरा हो गया उसके बाद जो भी आपका अमाउंट है आपने एक लाख की एफ की थी आपका एक लाख अमाउंट और उस पर जितना इंटरेस्ट लगा वो अमाउंट दोनों आपके अकाउंट में आ जाएँ इसका मीन्स ये है तीसरा रीन्यू प्रिंसिपल एंड डिप्ले इंटरेस्ट का मीन्स ये है फ्रेंड एक लाख की अगर आपने एफ की है तो एक साल एक साल पूरा होने के बाद एक लाख पे जो इंटरेस्ट लगा वो आपके अकाउंट में आ जाए और वो एक लाख वाली एफडी फिर दोबारा से एक साल के लिए हो जाए तो इसमें से ये इस तरह से है तो फ्रेंड्स यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्रेंड ये आपके फिक्स डिपॉजिट की पूरी इंफॉर्मेशन शो ऑफ कर देगा आपने क्या क्या किया है फ्रेंड ये दिखा रहा है जैसे कि एक हज़ार आपने एफ की है एक की आपने एफ की है उसकी मैच्योरिटी डेट दिखा रहा है मैचोरटी अमाउंट दिखा रहा है कि कितना अमाउंट मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है कितना लगेगा और सारी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड ये आपको यहाँ पे शो ऑफ कर देगा फ्रेंड यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे ये तब उसके बाद कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एफ़ डी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी तो फ्रेंड इस तरह से आप एफ डी क्रिएट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए कोई भी आपकी क्वेरी हो उससे रिलेटेड आप मेरे को कमेंट कीजिए मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू